ओ जिसे देख मेरा दिल धड़के मेरी जान तड़पती है जिसे देख मेरा दिल मेरी जान तड़पती है कोई जन्म की भूल नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है कबूत नॉले ज की एक लड़की है मुझे मेरा दिल लड़के मेरी जान तड़पती है